वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं ऋण शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है